नहीं है नजर उठा के साथ बात कर सके मुंबई पे राज करता और राज क्या अरे पकड़ने की बात छोड़ अब उसको कोई भी नहीं कर सकता नहीं। ये तभी ये देख असली असली